हेलो दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल वेब बॉस में तो दोस्तों रिएक्ट जे की ट्यूटोरियल सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम अपना थर्ड वीडियो लेके आए हैं ठीक है अगर अभी तक आपने पुराने वीडियोस देखे हैं तो ठीक है और अगर नहीं देखे हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्ले का लिंक दे दूंगा वहाँ से जाके जो आप हैं पूरी हमारी ट्यूटोरियल सीरीज को फॉलो कर सकते हैं ठीक है तो दोस्तों आज हम रिएक्ट जेस की टूटोरियल सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम इंस्टॉलेसेशन करने वाले हैं कोड एडिटर का उम्मीद करता हूँ दोस्तों कोड एडिटर क्या होता है इसके बारे में आपको आइडिया होगा ठीक है तो दोस्तों मार्केट में कई सारे कोड एडिटर्स अवेलेबल हैं, बट दोस्तों जो मोस्ट फेमस है रिएक्ट जेएस के लिए भी और मैं खुद आपको वही रिकमेंड भी करता हूं, मैं खुद वही यूज करूंगा तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं वीएस कोड एडिटर की जी हाँ दोस्तों तो आज हम इंस्टॉलेशन करेंगे वीएस कोड एडिटर का और समझेंगे वीएस कोड एडिटर के कुछ बेसिक्स तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों देखिए हम आ आगे अपने ब्राउजर स्क्रीन पे और अब हम यहाँ पे टाइप करेंगे डाउनलोडर कर देंगे देखिये दोस्तों जो पहली वेबसाइट आएगी कोड डॉट विजल कोड डॉट विजल स्टूडियो डॉट कॉम ठीक है इस पर जाकर हम क्लिक करेंगे तो दोस्तों आप देख सकते हो इनका जो ऑफिसियल डाउनलोड पेज है वो खुल चुका है ठीक है दोस्तों ये इसकी इस, इस तरीके से आपको डाउनलोड पे जाना है ठीक है अगर आपको मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा वहाँ से भी आप जो है डायरेक्ट जाकर डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है ठीके? अब देखिए ये जो है वी कोड एडिटर जो है वो विंडोज के लिए भी है डे के लिए भी है और मैक के लिए भी है ठीक है तो आपका जो भी सिस्टम हो आप उस हिसाब से उसको इंस्टॉल कर सकते हैं अब देखिए हमारे पास विंडोज का सिस्टम है ठीक है और हम जो है सिक्सटी फोर का यूज़ करेंगे क्योंकि हमारा आर्किटेक्चर जो है सिक्सटी बिट का है ठीक है तो हम यहाँ पे सिक्सटी बिट का यूज़ करेंगे तो हम सिक्सटी फोर पे क्लिक करेंगे तो देखिए अब लोड हो रहा है जैसे लोडिंग पूरा होगा हमको ये मतलब डाउनलोड पे ले जाएगा अब देखिए जैसे हम डाउन हाँ सॉरी हाँ ये डाउनलोड देखिए तो जैसे अब दोस्तों हम सेव फाइल पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा डाउनलोड जो है वो स्टार्ट हो चुका है आप देख सकते हैं हमारा डाउनलोड जो है वो स्टार्ट हो चुका है ठीक है आप देखिए जब तक ये डाउनलोड हो रहा है हम इसका थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं थोड़ा ऊपर ऊपर से इसका नॉलेज ले लेते हैं ठीक है क्योंकि नेट स्लो है मेरा डाउनलोड होने में थोड़ा टाइम लग सकता है तो देखिए दोस्तों ये जो है इसका ये यूजर गाइड है इसकी मतलब इसका डॉक्यूमेंटेशन भी आप बोल सकते हैं ठीक है ये इसका डॉक्यूमेंटेशन है तो इसमें देख लेते हैं हम क्या समझाने जैसा है हाँ ठीक है तो देखिए दोस्तों विजर कोड में क्या है कि काफ़ी सारे एमेट्स होते हैं एमेट्स क्या होते हैं जिससे हमारी कोडिंग स्पीड जो है काफी फास्ट हो जाती है जिनका हम जो है यूज कर सकते हैं ठीक है आप अब देखिए नीचे देखते हैं हम्म इसमें काफ़ी सारे एक्सटेंशन होते हैं आप देख सकते हैं ये जो है इनके टॉप एक्सटेंशन है हम एक्सटेंशन भी देखेंगे ठीक है फर्स्ट स्टेप इंटरवीडियो सेटअप ये तो हो गया की शॉर्टकट इसके जो भी की दोस्तों की बोर्ड जो हैं, जैसे जैसे हम प्रोग्रामिंग करेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे हम आपको बताते जाएंगे लाइव ठीक है ना हाँ तो दोस्तों फाइनली हमारा विजुअल कोड डाउनलोड हो चुका है देख सकते हैं आप ये जो है हमारी exe एक्सी फाइल है अब हम इस फाइल पर क्लिक करेंगे जैसे हम इस फाइल पर क्लिक करेंगे अब ये फाइल जो है ओपन होगी ठीक है नहीं अच्छा इस पर सॉरी हाँ इस पर हमने क्लिक किया अब ये जो है फोल्डर में ओपन हो जाएगी और यहां से हम जो है इसको एक्सेस कर लेंगे सेटअप अच्छा अच्छा अच्छा हो चुका है एक ऑलरेडी एक बार ये बता रहे हैं हाँ देखिए दोस्तों अब आपको ये करना है आपको सिर्फ एक्सेप्ट करना है एक्सेप्ट एग्रीमेंट आप चाहो तो पढ़ सकते हो ऐसे तो कोई पढ़ता नहीं है अब दोस्तों से यहाँ पर आपको जो है इसका पास देना है मतलब कौन सी डायरेक्ट्री में आप इसको रखना चाहते हो या अपना फोल्डर किसी डायरेक्ट्री में आपका डेटा रहे ठीक है ना तो इसको हम बाई डिफोल्टी रखते हैं विजल स्टूडियो कोडल अच्छा ठीक है डोंट क्रिएट स्टार्टर मेन्यू हमको स्टार्टर मेन्यू चाहिए ठीक है क्रिएट क्रिएटर डेस्कटॉप आइकॉन हम डेस्कटॉप आइकॉन बनाना चाहते हैं अगर आपको डेस्कटॉप पे आइकॉन चाहिए तो आप इसको क्लिक करें नहीं चाहिए तो आप इसको नहीं क्लिक करें ठीक है ना चलिए तो अब हम इसको नेक्स्ट करेंगे और अब हम इसको कर देंगे इंस्टॉल तो दोस्तों काफी इजी इंस्टॉलेशन है आपको सिर्फ कंटिन्यू ही करना है तो देखिये दोस्तों ये जो है इंस्टॉल हो चुका है अब हम इसको फिनिश करके इसको अब हम सीधा लॉन्च करेंगे ठीक है अब देखिएगा ये जो है लॉन्च हो चुका है अब दोस्तों जैसे ये लॉन्च होता है इसका बाय डिफॉल्ट जो पेज होता है इंट्रो पेज वो ओपन हो जाएगा ये देखिए दोस्तों ये जो है इसका बाय डिफॉल्ट पेज है अब ये ओपन होने के बाद हमसे पूछ रहा है कि हमको किस प्रकार की थीम चाहिए तो दोस्तों हम जो है हमेशा डार्क थीम का ज्यादातर मैं यूज करता हूं तो मैं डार्क को ही करूंगा आप अपने हिसाब से जो आपको बेहतर लगे आप उसको यूज कर सकते हैं ठीक है तो ये हमारी थीम का जो है सिलेक्शन हो चुका है अब ये वेलकम पेज है हमारा अब आप यहाँ से चाहें तो भी चेंजेस कर सकते हैं और अगर हमको कोई चेंज करने नहीं चाहना अब मुझे कोई चेंजेस नहीं करने तो मैं इसको वेलकम पेज को डायरेक्टली कट कर दूंगा ठीक है अब दोस्तों हम बात करेंगे इसके इंटरफेस की कि इसमें किस तरीके से क्या चीज़ों का यूज होता है देखिए दोस्तों पहला जो इसमें यह फोल्डर है ये फाइल का इसमें क्या होता है ये इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से फोल्डर और फाइल को ओपन कर सकते हैं फॉर एक्जाम्पल हमने एक डेस्कटॉप का फोल्डर बनाया है हम उसको यहाँ पे ओपन करेंगे जैसे हमने ओपन फोल्डर पे क्लिक किया तो ये हमको अपना जो है डायरेक्टरी ओपन करने का ऑप्शन देगा हम डेस्कटॉप पे जाएंगे ये रिएक्ट ट्यूटोरियल नाम से हमने एक फोल्डर बनाया है अब इस फोल्डर को हम यहां पे ओपन कर देंगे ठीक है अब देखिए दोस्तों ये जो है हमारा फोल्डर जो है ओपन हो चुका है अभी फोल्डर में कोई भी फाइल नहीं है कुछ भी नहीं है ठीक है ना एक बार के लिए मैं आपको फोल्डर भी डायरेक्टली दिखा देता हूँ जिससे आपको आइडिया आ जाएगा ज्यादा ठीक है ये ये रहा हमारा फोल्डर रिएक्ट ट्यूटोरियल आप देख सकते हैं ये फोल्डर बिल्कुल ब्लैंक है ठीक है तो अब हम इसमें जाएंगे और अब हम चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल देखिए ये पहले फा, फाइल फोल्डर के लिए अगर आपको फाइल बनानी हो या फाइल क्रिएट करनी हो या आपको फाइल खोलनी हो एक्जिस्टिंग फाइल तो भी आप इसका यूज कर सकते हैं ये सर्च है इसमें आप फाइंड कर सकते हो अपनी फाइल को अपने कोड को जो भी है फाइंड कर सकते हैं ठीक है अब यह जो है सोर्स कंट्रोल है इसको हम बाद में देखेंगे डी का सेक्शन हमारे अभी कोई काम का है नहीं ठीक है अब दोस्तों एक्सटेंशन ये मोस्ट पॉपुलर है इसमें जो है हम एक्सटेंशन का यूज करेंगे ठीक तो चलिए एक्सटेंशन से पहले हम एक बेसिक फाइल बना लेते हैं इंडेक्सिमेट के नाम से और हम थोड़ा सा कोड उसमें करके देखते हैं तो देखिए फाइल अगर आपको बनानी हो तो आपको पहले आईकॉन पे इस पे जैसे अब देखिए हम तो हमारे तो आप सबको बताएगी हम एस टीम करते हैं और जिसे हम इंटर करेंगे तो आप देख सकते हो इसने जो है एच का जो बेसिक स्केलेटन होता है जैसे हम स्ट्रक्चर भी कहते हैं वो जो है ऑटोमेटिक इसने हमको बना के दे दिया है ठीक है तो दोस्तों बड़ा आसान है इसको यूज करना अब देखिए दोस्तों अगर हमको फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं हमको हैडिंग चाहिए ठीक है तो यहाँ पे आप सिर्फ एच और वन लिखेंगे तो एक मिनट सॉरी मैं कहीं और लिख रहा हूँ हाँ मुझे यहाँ लिखना चाहिए बॉडी में ठीक है यहाँ हम जैसे एच लिखेंगे तो आप देख सकते हैं इसने हमको हैडिंग का सजेशन दे दिया हम क्लिक करेंगे तो जो है हमारी हेडिंग जो है आ चुकी है अब हम यहाँ पे लिख देंगे हेलो ठीक है कंट्रोल से सेव करेंगे और अब हम इसको रन करके भी दिखा देंगे एक बार के लिए आपको ट्यूटोरियल में हमारी इंडेक्स की फाइल है फायरफॉक्स में इसको जो है ओपन करेंगे ठीक है तो, तो देख सकते हैं हमारी हेडिंग जो थी हेलो वो जो है आ चुकी है ठीक है फॉर एग्जाम्पल मुझे इसमें अगर इनलाइन स्टाइल करनी हो तो देखिए देखिएगा इसमें सिंडेस लिखना काफी आसान है हमने स्प्रेस दिया जिससे हम स्टाइल लिखेंगे तो स्टाइल एटीट्यूट जो है आ गया देखिए स्टाइल हमने लिख दिया अब तो हम यहाँ पे कलर लिखेंगे कलर लिख जैसे हम इंटर करेंगे आप देखिएगा ऑटोमेटिक इसने कलर के हमको कई सारे सजेशंस दे दिए हैं तो इससे क्या होता है हमारा काफी काम आसान होता है दोस्तों इस वजह से जो है ना वीएस कोड काफी ऑसम माना जाता है और इसका काफी ज्यादा यूज होता है देखिए इतने सारे कलर्स हैं कि इनके शायद आपके लिए नाम याद रखना आपके मेरे लिए काफी मुश्किल है यहाँ से आप कोई भी कलर चूज कर सकते हैं ग्रे फॉर एग्जाम्पल ले लिया कंट्रोल इससे सेव किया हमने हम जाएंगे सॉरी ग्रे कहाँ लिया मैंने कोई अच्छा ही लेता हूँ फिर ये तो सब जानते ही ठीक एक बार फिर से करते हैं चलिए यह हो गया कलर कलर पे क्लिक किया अब देखिए आ गया कलर कोई ऐसा यूनिक कलर लेते हैं इंडिगो ले लेते हैं चलो ठीक है इंडिगो ले लिया कंट्रोल से सेव करेंगे और ब्राउजर पे जाके जैसे रिफ्रेश करेंगे हम तो आप देख सकते हैं कलर जो है चेंज हो गया अब दोस्तों इसकी मोस्ट इसकी एक और खासियत क्या है आपने जो कलर का नाम लिखा है उसके आगे, आगे आप देख सकते हैं आपको कलर का जो है छोटा सा लोगो दिखाई दे रहा है ठीक है तो ये लोगो से क्या पता चलता है कि जब भी आपको ये प्रॉपर्टी आप बहुत सारे कलर अपलाई करते हो ना तो आपको कोड से मालूम कर जाता है कि यहाँ हमने कलर दिया हुआ है अब इसका दूसरा बेनिफिट ये है कि लोगों पर जैसे हमने कर्जर रखा आप देख सकते हैं यहाँ पे कलर की एक कलर पैलेट आ चुकी है ठीक है अब ये कलर प्लेट का बेनिफिट क्या है अब ये कलर पैलेट पर हम जाएंगे और यहाँ से हम कलर जो है सिलेक्ट करेंगे फॉर एग्जाम्पल देखिए हम रेडीज पे लाते हैं थोड़ा हाँ ठीक है और अब यहाँ से देखिए हम इसको थोड़ा पिंक टाइप कर देते हैं ठीक है ये हमने कर दिया अब देखिए कलर जो है आरजीबी में अप्लाई हो गया कंट्रोल से सेव करेंगे, और ब्राउजर पे जाके हम जैसे रिफ्रेश करेंगे, तो आप देख सकते हैं कलर जो है चेंज हो जाएगा तो दोस्तों इसके ऐसे कई सारे यूजेस हैं जो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है और जिससे हमारा काम जो है काफी आसान हो जाता है ठीक है ना दोस्तों इस तरीके से जो है हम इसका यूज करते हैं ठीक है अब बात करते हैं हम हमारे प्लेग के बारे में एक्सटेंशन के बारे में ठीक है अब एक्सटेंशन में हमको सबसे ज्यादा यूज होता है हाँ तो दोस्तों एक्सटेंशन में हमको सबसे पहले हम यूज़ करेंगे, बेबल।, बेबल, को हम सबसे पहले करेंगे। बेबल का काम क्या होता है बेबेल को और ब्यूटीफुल लुक दे देता है जिससे क्या होता है आपको आसानी से आप अपना कोड जो है आसानी से समझ पाते हैं देखिए इस तरीके से जो है ये जावा स्क्रिप्ट का इस, इन्होंने दिया हुआ एग्जाम्पल तो इस तरीके से जावास्क्रिप्ट के जो भी फोर्स होते हैं उन सबको ये अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग शेप कलर में कन्वर्ट -कर, कर देता है जिससे क्या होता है हमको जावास्क्रिप्ट को समझने में आसानी होती है और हम पता कर पाते हैं कि ये हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड है ठीक है तो दोस्तों इस तरीके से हम इसका यूज करते हैं दोस्तों इसमें काफी सारी और भी चीजें बाकी हैं तो दोस्तों जैसे जैसे हम प्रैक्टिकल सेशन करेंगे आगे हम रेड को स्टार्ट करेंगे तो हम जैसे जैसे जो जिस चीज़ की हमको जब जरूरत पड़ेगी हम उसको तब अप्लाई करते रहेंगे ठीक है दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है तो अब वीडियो को यहीं पे स्किप करते हैं तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग